ज्ञान गुण सागर जय कपीशलोक उजागर दाम दूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी बजरंगीवार सुमत के संगी कच्चन बरन विराज सुबे कुंडल कुछित केसाजा बिराजे उन सब के जो डायलॉग है वो इतने पावरफुल हैं कि मैं क्या कहूँ आपको आप सब जानते हैं हरेक का कैरेक्टर बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है और हरेक के कैरेक्टर्स के द्वारा हमको कोई ना कोई संदेश मिलता है पाकिस्तान के अंदर भी अब अधिक से अधिक लोग इसको बड़े ध्यान से देखते हैं चाव से देखते हैं जम्मू में बिजली की सप्लाई रविवार सुबह को नहीं हुई तो जम्मू शहर में दंगा हो गया केरल में एक रविवार को बिजली सप्लाई नहीं हुई तो लोगों की मांग से शासन को सप्लाई देनी पड़ी रामायण का दर्शन हो सके निकट नित अति चातुर राम काल के करीब को आत तुचरित सुधि देख को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरिसी दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा असुर संगारे। राम चंद्र के रामानंद सागर लहराएगा हर घर में लहराएगा हर व्यक्ति में लहराएगा हर देश में लहराएगा सारे विश्व ब्रह्मांड में लहराएगा की बहुत भाई सारद तुमर यश ग्रीपति कंठल सबका कहाग्री महीना राम राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना कंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्त्र जो पर मानो ताही मधुर फल जानूं बगुमुद्रि का मेरी मुग्मा ही चल भी नहीं गए अजज नहीं पर गम काज जगत के जेते सुमन अनुग्रह तुम लेते थे दाम दुआरे तुम रखवारे भोतन आग्या बिन पैसा ले ये रोल सस्पेंस ऑफ द विनर द विनर इज़ रामानंद सागर रामा तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपत तेज आपे, पे महावीर जब नाम सुनावे न से लोग हरे सब पीरा चपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा के सकल तुम साजा और जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखी गंदन राम दुला सिद्धि के दाता दीन जान के माता अंत काल रघुपति पुर जाये कहाई और देवता चित्तन धरे अनुमत से सर्वसुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा Jo tumhire mano mat palega re Jai Jai Jai Hanuman ko jai Deepakar hukur dev ki nahi Satvad paar paath kar koi chutai bandi mahasukho I don't think I can give a better introduction We have seen Aman's work He was an adopted child a very turbulent childhood And that's where he realized what it is to love, to see the Narayan in every man and woman, to see the God in everybody. Friends, I bring to you the greetings from my land, from my people. and it is only three words jag shri ram beginning i started feeling very responsible that i am going to do something big but very soon god was very kind the lord made me realize that i have nothing to do i don't have that power i don't have that talent such works are achieved through divine wish through divine help i'll give an example that you keep a pen on the paper for thousands of years one word will not be written by that pen until some hand comes picks up that pen and starts writing so at best i can be called that pen enjoya pade hanuman chalisa ho siti sau <laughs> ki gauri sa dil se da suna hai kela ki tena hrday mohdera Shri Ram Jai Hanuman Jai Shri Ram Jai Hanuman Jai Shri Ram Jai Hanuman Jai Shri Ram Jai Hanuman Jai Shri Ram Jai Hanuman Di da.